जब हम बादल बन जाए तू तो बारिश बन के आई हा जब सांस भी कम पड़ जाए तो हमारा दिल में समय हा।